मिल ही जाती है मंजिल भटक कर ही सही मिल ही जाती है मंजिल भटक कर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं करते